अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ो आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए किसी के नाम पर कभी मत उछलो अगर दम हो तो अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम पर उछले जो नून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हौसला आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हैं अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह ले पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना होगा चीजें कमजोर की हिफाजत में मैं महफूज रहती है जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के बस विश्वास होना चाहिए अच्छी किताबें और अच्छे लेख जल्दी समझ में नहीं आते उन्हें पढ़ना पड़ता है कहने को तो सब साथ हैं पर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाएं माड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है वो हम ही है जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि कितना अंधकार है नोन आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहती हैं अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए